अनتبه या हां <laughs> जी भैया वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है पहले बढ़िया जी अभी चढ़ेंगे ना उतरने में बहुत दिक्कत आएगी तो, तो उतना बहुत समय लगेगा अभी यहां से उतरने में देखो कितना समय लगता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ रूम में तो आराम से आ जाओ आराम से ये देखो, मेरा भी चुप गया है है है भाई बस बस बैग पीछे कुछ नई शर्ट की नहीं। की सब बिल्कुल नहीं नहीं आज मेरा तो अंतिम भैया तो पहन के ही आते eh, oh हैं ऐसेदस का है मेरा तो ओरिजिनल तब YouTube पे कट लग रहा है लाल ना चढ़गो नीचे ऊपर गो तभी सोचो अभी तक सही से